सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए इस घंटी को दबाइए नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप चाटे आप सभी का स्टडी करो YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों सोशल मीडिया में WhatsApp की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि इसकी एक खास बात है कि व्हाट्सएप एक यूज़र फ्रेंडली एप है इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है ये आसानी से इस्तेमाल होने के कारण ये यूज़र फ्रेंडली होने के कारण ये बहुत पॉपुलर है इसीलिए व्हाट्सएप कंपनी ने एक फैसला किया कि व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी का जो आ, ऐप है उसे बिजनेस में लाया जा सके तो इंडिया में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो भीम ऐप है वो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही व्हाट्सएप ने यूपीआई पी बेस पेमेंट व्हाट्सएप पेमेंट को लॉन्च किया है तो ये जो कॉम्पिटिटिव कंपनियां इसके साथ पहले से यू पी में थी वो फ़ोनपे तेज गूगल का इक चिल्लर या और ढेर सारी कंपनी को ये बिजनेस के लिए करारा झटका है इंडिया में कुछ ही घंटे पहले यह सर्विस लाइव हो गई है इसके लिए आपका WhatsApp अपडेट करना होगा तो फिर बाद में आप WhatsApp टू WhatsApp किसी को भी पैसे भेज सकते हैं अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टेक्नोलॉजी की आगे चलके आपको वीडियो मिल सके तो आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू धन्यवाद